तुम्हें रोकने और पकड़ने जाना का दूर की बात तुम्हें वो छू भी नहीं पाएंगे वहाँ क्योंकि तुम्हारे तो पर लग जाएंगे तब तक तुम तो उड़ना सीख जाओगे तब तक लोग फिर तुम्हारी कहानियाँ सुनाएंगे